अगर मिलके चला जाए तो तूफानों को भी शिकस्त की जा सकती है नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक में आपका फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की रॉबर्ट कियोसाकी अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं कहते हैं कि मुझे याद है हमें स्कूल में रॉबिनहुड के सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये कैिन कॉस्नर की तरह एक रोमांटिक कहानियां हैं जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था तो मेरे रिच डैड की नज़र में रॉबिनहुड हीरो नहीं था वो उसे बदमाश मानते थे रॉबिनहुड को गुजरे हुए तो बहुत समय गुजर चुका है परंतु उसके जो मानने वाले हैं जो उनके फैंस हैं वो आज भी जिंदा हैं ना जाने कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अमीरों को और ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए रॉबिनहुड का ये जो थॉट था अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया गया गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा दुख का कारण है इसी रॉबिनहुड आदर्श के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है और सच्चाई ये है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है गरीबों के भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है खासकर पढ़े लिखे और ऊंचे आमदनी वाले मिडिल क्लास से और टैक्स के बारे में अगर हम पूरी तरह से समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा रॉबर्ट टिक योसाखी बताते हैं कि उनके रिच डैड ने बताया था कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे कभी कभार जो वार्स होती थी युद्ध होते थे उनका खर्च जुटाने के लिए टैक्स जरूर लगाए जाते थे जिसके लिए किंग या फिर सिर्फ प्रेसिडेंट भर देते थे और हर आदमी उसकी बात मानकर अपना सहयोग अपनी इच्छा से दे देता था बाद में सन 1874 में इंग्लैंड ने टैक्स को अपने पर लागू कर दिया और 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के सुलहवें संशोधन के बाद अमेरिका में भी जो इनकम टैक्स है वो लागू हो गया एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे पर धीरे धीरे लगभग पचास सालों के बाद लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया इसमें एक और बात थी शुरुआत में ये जितने भी टैक्स हैं ये अमीरों पर लगाए गए थे वो तो डैडी चाहते थे कि माइक और वो इस बात को ना भूलें और उन्होंने ये बात साफ़ कर दी थी कि टैक्स का जो थॉट है वो लोकप्रिय बना इसीलिए कि लोगों को लगता था कि कैसे अमीरों को सज़ा दी जाती है और मिडिल क्लास और गरीब को मदद मिलती है पर वक्त ने इस बात को पलट दिया और आज गरीब भी टैक्स का मारा हुआ है और मिडिल क्लास भी यह यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो टैक्स का मारा हुआ है वो है मिडिल क्लास रॉबर्ट कियोसाकी आगे कहना जारी रखते हैं एक बार फिर सरकार को टैक्स मिल गया तो उन्हें उसके फायदे नजर आ गए और उनकी भूख बढ़ गई रिच डैडी ने रॉबर्ट टिकोसाकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों के वक्त के साथ साथ कार्पोरेशन की ताकत को समझा एक झूठ होकर उन्होंने इस टैक्स को पलट दिया और सारा बोझ उन लोगों पर डाल दिया जिन लोगों ने कभी इनके सपोर्ट में वोट दिया था यानी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह अमीरों का पैसा नहीं था उनकी समझ थी उनकी जानकारी थी उनकी अवेयरनेस थी उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए संविधान को समझा रूल्स को समझा और फिर उनमें कमियाँ निकाली और फिर किस तरह से उनसे बचा ये सब देख परख के कारपोरेशन का सहारा लिया और वो फिर उसमें सफल भी हुए अमीरों और गरीबों के बीच लड़ाई सदियों से चलती आ रही है अमीरों से वसूलों का जो नारा लगाने वाली भीड़ थी वो हमेशा अमीरों के खिलाफ रही और ऐसी लड़ाइया तब छिड़ती है जब किसी एक विशेष वर्ग का ध्यान में रखकर कानून बनते हैं और ये लड़ाई कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता समस्या ये है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है और वो ये मानते नहीं हारने वाले लोग वो हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स भी देते हैं अगर वो ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसों का खेल खेलते हैं तो वो भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते थे फिर वो भी गरीबी से आज़ाद हो सकते थे पैसों के मालिक हो सकते थे और अमीर बन सकते थे रिच डायर कहते हैं कि इसी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब कोई अपने बच्चों को ये सलाह देता है कि खूब पढ़ो और नौकरी करो जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता समाज उसके पैसे को हड़प लेगा और उसे गरीबी की ओर धकेल देगा कहते हैं ना कि उस देने वाले ने तो कोई कमी नहीं की अब किसको क्या मिला यह मुकद्दर की बात है और ये जो मुक़दर है ये हम अपनी सोच से अपनी नॉलेज से अपनी अवेयरनेस से बदल सकते हैं अमीरी और गरीबी में सिर्फ सोच का और समझ का फासला है तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद